आदरणीय सजनों ये उपदेशक भजन स्वर्गीय कवि पंडित श्री छज्जू राम जी अलीपुरा निवासी द्वारा लिखित जिसे गाया गया है महावीर शर्मा अलीपुरा और सुर व से संवारा है मास्टर अली जंग अलीपुरा गोल्डन स्टूडियो ऊंचाणा तो सुनियो सजनों सीता हुई मत ऋषि रताए